नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे कि सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में जो अशोक स्तम्भ बनाया गया है उस पर देवनागरिक या धम्मलिपि में क्या लिखा गया है सारनाथ उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बनारस से 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर में स्थित एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश गया से आकर यहीं पर दिया था जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया अशोक का चार मुख सिंह स्तंभ है जिसे हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं और यह सिंह स्तंभ सिंह गर्जना करते हुए प्रतीत होता है इस स्तंभ को मौर्य सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व लगभग में बनवाए थे इस स्तंभ में चार एशियाई शेर जो सिंह गर्जना करते हुए दिखाई देते हैं यह स्तंभ प्रारंभ में 15.25 मीटर लंबा हुआ करता होगा तथा अगर आधार को छोड़ दिया जाए तो यह बेलनाकार का है जो ऊपर की ओर सकरा होता चला जाता है इसके आधार का व्यास दशमलव मीटर तथा शीर्ष का व्यास दशमलव मीटर था तथा इस स्तंभ के ऊपर चार मुख वाले शेर एक के पीछे एक चारों शेर स्थित हैं देखने पर हमें सिर्फ तीन शेर ही दिखते हैं एक शेर पीछे छिप जाता है तथा इसकी ऊंचाई लगभग 2.15 मीटर है यानी सात फीट इसकी लंबाई थी जो प्राचीन काल में स्तंभ के ऊपर विराजमान था यह मौर्यालीन चुनार के बलुए पत्थर से बना है तथा इस पर उच्च कोटि की मौर्य पॉलिस की गई है इसकी सतह इतनी चिकनी है कि मौर्य के बाद से आज तक ऐसी चिकनी सतह नहीं देखी गई है आपका स्वागत है बुद्धवाणी चैनल पर जहां पर भगवान बुद्ध तथा सम्राट अशोक से संबंधित वीडियो आती हैं तथा तो इन वीडियो को लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा तो सभी वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि भगवान बुद्ध तथा तो सम्राट अशोक की विचारधारा पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व तक फैले अशोक स्तंभ के शीर्ष में भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई और क्या विशेषताएं थीं तथा अशोक स्तंभ में और अस सम्राट अशोक द्वारा लिखवाए गए ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा गया था यह जानने के लिए भाग दो वीडियो को जरूर देखें